Forever, दीदी कहीं ऐसा तो नहीं समझती हैं कि मैं भी उनके खिलाफ हूँ इतने दिनों से वो अकेली पड़ गई हैं और मैंने खबर तक नहीं ली उन्हें नहीं पता ना कि मैं ये सब बातें नहीं जानती थी अरे मैं उन्हें बताऊँगा एक बार आप उनके पास ले चलिए जब से आप गाड़ी बैठी तब से आप अपनी दीदी की ही फिक्र कर रही है उनके पीछे आप उन्हीं की पढ़ाई कर रही है इससे पता चलता है वो कितनी महान लोग है आज के जमाने में तो आपका सैन बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है आपकी दीदी तो बहुत लकी है वैसे साहब के पास अगर कोई कीमती चीज है ना तो मुझे दे दीजिए। हमारी से बच्चे अपनी सेफ्टी देखने वाले आप अकेले है बाबू जी लेकिन आप अकेले को देखने वाले हजारों चोर आतु है रास्ते में सामने लेकर गाड़ी चलाई एक्सीडेंट हो जाएगा लगता है अच्छा ठाबा है खाना खाना है बेटी बाप रे, पेट में जो है दौड़ रहे हैं खुशबू से लगता है खाना मजेदार है क्यों नहीं यही खाना खा लेते ओके, चलिए, हेलो, हेलो, हेलो, कहा जा रहे हैं दूसरा को काम नहीं क्या, थोड़ी देर पहले गाड़ी रोक के घोड़े बदले अब यहाँ ढावे के पास रोक लिया अरे यहाँ खाना अच्छा नहीं होता चलो